मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीएम बाईस जनवरी को लगभग 374 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे वहीं मुख्यमंत्री चौहान द्वारा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कई विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया जाएगा सिंगरौली को मुख्यमंत्री शिवराज एक साथ कई सौगात देंगे वे बाईस जनवरी को दो करोड़ के लागत ऐसी निर्मित होने वाले मेडिकल कॉलेज साठ करोड़ ऐसी निर्मित होने वाले माइनिंग कॉलेज के साथ ही पैतीस करोड़ की लागत से बरगवा में निर्मित होने वाले रेलवे ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे वहीं उनके द्वारा पैंतीस करोड़ से हरवा में निर्मित होने वाली सीएम राइज स्कूल के साथ चितरंगी के चकरिया में इकतीस करोड़ की लागत से निर्मित सी राइज स्कूल का भूमि पूजन किया जाएगा इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिले में आगमन होगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का